नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है आज आपके लिए फिर एक बेहतरीन प्रकार का प्रोडक्ट बेहतरीन प्रकार की जानकारी ये जानकारी देने से पहले मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल का YouTube पहला आइकॉन दबाएं YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे अब आप आपको दिखाता हूँ बहुत शानदार और बहुत उमदा प्रोडक्ट पर ही मैं ही चाहता हूँ आप वीडियो लास्ट तक देखें जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके ये देखिए खास तरह का बटन कैमरा जो शर्ट की बटन में लगता है बिल्कुल ख़ास तरह का बिल्कुल स्लिम ट्रिम। आप देखेंगे इसमें कोई भी एलईडी नहीं है और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ये धूप में और छांव में और अंधेरे में हर जगह चलता है इसके साथ में इसकी पावरफुल बैटरी है इसका पावर बैंक है ये पावरफुल इसकी बैटरी है जो बहुत लंबे समय तक चलती है और इसकी आप बैटरी चाहें तो बदल सकते हैं मार्केट से लोकर लाकर इसमें यह कनेक्ट यहाँ हो जाएगा और ये शर्ट के बटन में लगेगा इसके साथ में यहाँ पर आप एक फीता आता है खास तरह का इसको लगा के आप शर्ट को बांध सकते हैं बटन कैमरे को और सबसे हैरानी और सबसे यूनिक चीज़ क्या है कि इसके साथ इसके जैसे ही बटन आते हैं जैसे इसके बटन हैं ये साथ में आप देखेंगे तो सेम बटन आते हैं ये देखिए बिल्कुल सेम बटन है जिसमें बटन अलग होने का पता ही नहीं चलता इसके बारे में और बहुत सी जानकारी मेरे पास है आप मुझसे व्हाट्सअप पर या फ़ोन पर बात कर सकते हैं मैं इसके बारे में आपको बहुत जानकारी दे सकता हूँ और ये बहुत शानदार बहुत उमदा बिल्कुल नया प्रोडक्ट है तो इसकी जानकारी आपको क्यों मिली क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर थे या अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है आप अपने पहली बार वीडियो देखी तो आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस शानदार प्रोडक्ट का लुत्फ लें इसके बारे में कोई और जानकारी आपको चाहिए हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूं आपने वीडियो देखी बहुत बहुत शुक्रिया